अगर कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा तो ट्रस्ट बाद में करना पहले स्क्रीनशॉट ले लेना